ऐसे ही मजेदार गाना सुनने के लिए एसएम बॉलीवुड म्यूजिक को सब्सक्राइब करें मैं भी हूँ तू भी है आमने सामने दिया इश्क के साल हर सफर हर सफर में तेरी कमी दिल तेरा ही तो है मेरे हद की जमी। हम दर्द तू दर्द से मेरे करीब आ, देख दूर क्यों खयान में कुछ बर फिर लगी है मुला <marriages fit>